स्टूडेंट्स so, हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज एन इम्पाल्स व्हाट इज एन इम्पाल्स जनरली कॉल्ड लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये एक मेम्ब्रेन है मेमब्रेन को मैंने थोड़ा जूम कर दिया और ये मेमब्रेन का दो लेयर है आउटर लेयर एंड इनर लेयर वट इट इज इनर में मेमब्रेन की इनर में माइनस फिफ्टी होते हैं एंड आउटर लेयर में प्लस फोर्टी और ये वोल्टेज इसको कहते हैं पोलरिटी नाउ ये पोलरिटी इस कॉजेज ड्यू थी दी कैल्शियम आयन क्लोरीन आयन इनसाइड दी मेम्ब्रेन एंड दी पोटेशियम आयन फॉर लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी एंड आउटसाइड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम रहते हैं इसके लिए ये पॉजिटिव होते हैं ये एक नॉर्मल कंडीशन में है एक रेस्टिंग स्टेज में है जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले ही समझाया कि uh, मैंने अगर आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं किसी किसी जगह पे ऐसे है है कि अंदरोन अंदर में आ, -70 है, में 70 मिलीवोल्ट मिलीवोल्ट मिलीवोल्ट एंड आउटर आपका आ, 30 30 का भी हो सकते हैं इट कैन हैपन राइट 30 मिलीवोल्ट वोल्टो right? so ये भी हो सकते हैं बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल फिफ्टी एंड फोर्टी कामब्रेन पे नाउ का अगर हम इसी मेमब्रेन पे, पे एक या needle insert करते हैं तो होता क्या है पोलरिटी चेंजेस यानी कि बाहर में हो जाएंगे माइनस फिफ्टी मिलीवोल्ट और अंदर में हो जाएगा प्लस फोर्टी मिली वोल्ट सो दिसन पोलरिटी चेंजेस अब ये जो चेंजेस है नाउट चेंज इन पोलरिटी वट इट इज 80 मिलीवोल्ट वोल्ट और सेवेंटी मिली वोल्ट और नाइनटी मिली वोल्ट इट इज इट हैज़ बीन चेंजेस आई मीन टोटल की बात करें या 50 से 40 तक 90 हो सकता है या 100 भी हो सकता है या थर्ट का मिलीवोल्ट का तो ये जो मिलीवोल्ट का चेंजेस है ये कितने में टाइम में टेक प्लेसेज इट टेक प्लेसेज विद इन दन बाई थाउजेंड सेकेंड्स यानी कि इसको कहते हैं वन मिली सेकेंट. सो इन वन मिली सेकेंड दीज पोलरिटी एक्चुअली चेंजेस नाउ इफ यू लुक एट एट द्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसको फोर्टी मिली वोल्ट और इसको 50 मिली वोल्ट कहेंगे तो ये फिफ्टी मिली वोल्ट एंड फोर्टी मिली वोल्ट सडनली एक ग्राफ में एक चेंजेस आतेजेस ऑफ द्राफ और नेक्स्ट ये सडनली इसका पोलरिटी फिर से चेंज हो जाते है तो आप देख सकते हो इस एरिया में ये जो सडन चेंजेस Now, Now, due to the sudden changes in the polarity, that causes a jar, and ek jar produce karte, which is called as impulse. जो इम्पाल ये changes of the polarity है ये causes a wave of depolarization. Depolarization मतलब एक polarization से दूसरी polarization. Now, आप इस graph से समझ सकते हो कि यहां पर ही माइनस था यहां पर ही पॉजिटिव था पॉजिटिव 40 या 30 कुछ भी था तो ऑल ऑन ए सडेन ये चेंजेस हुआ है एंड विद इन अ सेकेंड वन मिली ये फिर से ये पोलोरिटी चेंजेस हुआ है फिर से ये पोलोरिटी चेंजेस होगा फिर से ये पोलोरिटी चेंजेस होगा एंड अल्टीमेटली रिचेज टू दी ओरिजिन पॉइंट और मे बी दोर्स आई मीन टारगेट पॉइंट राइट नाउ ये ये जो डीपोलराइजेशन वेवी मोवमेंट ऑफ डीपोलराइजेशन इट इज कॉल्ड एज एन इंपल्स इसी को हम इंपल्स कहेंगे अबाउट दिस कंडीशन दिस इज अम्ब्रेन मे बी मेमब्रेन ऑफ आर योर फिंगर और एनी पार्ट ऑफ द स्किन नाउ हम जानते हैं कि इसमें पोलरिटी होगा आउटसाइड में दिस इज द पॉजिटिव पोलरिटी एंड द इन में इसका होगा नेगेटिव पोलरिटी राइट नाउ इनसाइड एंड आउटसाइड ये नाव चेंजेस होगा, एंड इसका जो आउटसाइड है, यानी कि ये डेंड्रॉन है दिस इज़ डेंड्रॉन ही आ, आते हैं आपकी इसके साथ क्या नाम है मेमब्रेन uh, के साथ लेट अस टेक एग्जांपल, डेंड्रॉन ही यहाँ पर ही है सो नाव देंड्रॉन विल रिसीव देंज ऑफ दोलरिटी डेंड्रॉन विल रिसीव देंज ऑफ पोलरिटी िटी विल ट्रेवल थ्रू द एगोन अब ये एग्जोन के थ्रू से ये पोलरिटी ट्रेवल करेंगे और जैसे मैंने बताया ये ग्रीन कलर का आपका जो सर्कल दिख रहा है ये है एक वेसिकल्स ये एक दो तीन बहुत सारे वेसिकल्स है अब ये वेसिकल कंटेनिंग द न्यूरो वेसिकल में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं इसके अलावा ये जो बल्जिंग एरिया है ऑफ द एग्जॉन इसको कहते हैं प्री इसको क्या कहते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब और इसका जो मेमब्रेन है अंदर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह गोल्जी बॉडी और बहुत सारे कुछ है लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे वेसिकल्स के ऊपर वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर ये न्यूरो अकेला काम नहीं कर सकता इस न्यूरो को चलाने के लिए एक कैल्शियम की जरूरत पड़ती जो कि ड्राइवर का काम करते जिस तरह से हम बस में बैठते हैं और बस को एक ड्राइवर चला के लेके जाते हैं तो बिना ड्राइवर को वो बस चल नहीं सकते या कार चल नहीं सकता उसी तरह कैल्शियम एक ड्राइवर का काम करते तो जब भी ये कैल्शियम वेसिकल्स के ऊपर बैठेंगे तो ये वेसिकल्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे इस जो दिस इज आ डेंड्रॉन इसके साथ ही बाजू में है डेंड्रॉन डेंड्रॉन का डेंड्रॉन भी एक सिंगल मेंब्रेन से बना हुआ है इस मेम्ब्रेन और ये डेंड्रॉन की इस एरिया को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्जॉन का मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सो डेंड्रॉन है और इसमें बहुत सारे चैनल्स या गेट्स हैं जिसके थ्रू से ये इम्पालसिस और ये पोलरिटी चेंजेस का जो भी रीजन होगा इसके अंदर से क्रॉस करेंगे अब हम लोग देखेंगे ये अच्छा ये दोनों का बीच में एक्जॉन और ये डेंड्रॉन uh, के बीच में जो गैप है इसको कहेंगे साइनेप्टिक क्लैफ्ट इसको क्या कहेंगे साइनेप्टिक क्लैफ्ट अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक्चर uh, की तरह पिक्चर नंबर बी पिक्चर नंबर बी पे हमने ये देखा कि जैसे ही कैल्शियम इस वेसिकल से अटैच होंगे द वेसिकल फ्यूजेस विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये वेसिकल जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे एंड दैट इज ड्यू टू दैल्शियम अटैचमेंट राइट सेकेंड काम क्या होगा सेकेंडली ये होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स में था वो साइनिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए तो आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का डॉट जो है मैंने इमेजिन किया कि ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए अब हम लोग पिक्चर नंबर सी को ड्रॉ करेंगे इसी को रखते हुए पिक्चर नंबर सी में हम लोग इस तरह से बताएंगे हम सिर्फ आपकी प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में मैं बता रहा हूं ओके एंड okay. ये होगा हमारा पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो डेंड्रॉन का मेम्ब्रेन है इसी जगह पे अब हमने यहाँ पर ही क्या बताया था गेट था और इसमें जगह में क्या था न्यूरोट्रांसमीटर था बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर इसी जगह पे था और इस जगह पे आपका फ्यूज था वे आपकी फ्यूज करेक्ट वेसिकल्स आपका इसी जगह पे फ्यूज हो गया राइट और कैल्शियम इसके ऊपर बैठा हुआ था चलिए कैल्शियम इसके ऊपर बैठा हुआ था कैल्शियम आयन की बैठा हुआ था मैंने बताया था यहाँ पर आपकी गेट है अब ये गेट जो है इसी गेट पे ये न्यूरो आके बैठेंगे ये न्यूरो जो है ये गेट पे आके बैठेंगे सो तो लेट मी ड्रॉ वन और टू गेट को ड्रॉ कर सॉरी वन और टू गेट को हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको हाँ वन ये एक गेट को मैं ड्रॉ करता हूं और इसके अंदर आके न्यूरो बैठेंगे जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बैठेंगे इस पिक्चर का नाम देते हैं सी इसका सी पिक्चर देंगे. अब हम लोग आएंगे डी पिक्चर पिक्चर जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर आके बैठेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे नाउ न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर अटैच ऑन गेट्स और चैनल अब जब ये देखेंगे तो ऑनली हम लोग अभी पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट को ड्रॉ करेंगे ऑनली पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि डेंड्रॉन का इस जगह को ड्रॉ करेंगे और इस जगह पे होगा क्या now there will be a magic cases what is this magic ab ye due to this due to this uh, neuro transmitter ye ek dusre ko repel karenge now these neurotransmitter will repel each other right due to their uh, due to their polarity ye neurotransmitter jo hai वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे लेटेस्ट लुक एट दिस थिंग्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ये न्यूरो एक दूसरे को रिपेल करेंगे जैसे ही न्यूरो एक दूसरे को रिपेल करेंगे नाउ द गेट ओपेंस द गेट ओपेंस अब ये गेट ओपन होने से क्या होगा अब आते हैं नेक्स्ट सवाल क्या ऐसा खास बात हो गया गेट ओपन होने से हो जाते हैं नाउ अब हम आपको यह बताएंगे कि यह है ई e वाले पिक्चर पिक्चर नंबर ई e. अब ये जो जगह था आपका साइनेप्टिक क्लेफ का जो जगह था ये जो एक्सेस वाला जगह था इसी जगह पे आपकी गेट है यह आपका गेट दिस इज द गेट ये डेंड्रॉन है अभी इसी जगह पे बहुत सारे हमारे शरीर में हमारे सेल्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम सोडियम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जिसके वजह से आपका इस मेम्ब्रेन का बाहर में पॉजिटिव पोलरिटी देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे सोडियम प्रेजेंट है अब ये जो सोडियम प्रेजेंट है इस सोडियम आयन बहुत सारे सोडियम आयन अभी एक साथ आ जाएंगे डेंड्रॉन के अंदर सो so, यहां से बहुत सारे सोडियम आयन आ जाएंगे डेंड्रॉन के अंदर आ जाएंगे ह्यूज नंबर ऑफ सो वी विल कॉल्ड ह्यूज नंबर ऑफ सोडियम आयन कम्स इनसाइड इन साइड द डेंड्रॉन डेंड्रॉन के अंदर ये बहुत सारे सोडियम आयोन आ जाएंगे अब ये सोडियम आयोन जो आज आ रहे हैं ये इट इज अल ऑन ए साइड दिस है All on a sudden, अचानक ये बहुत सारे सोडियम आयन जो है वो आ जाएंगे डेंड्रॉन के अंदर अब ये कंडीशन को now this condition, it is called as influx, इसको कहेंगे influx, इसको influx कहते हैं इनफ्लक्स का मतलब है सडनली इनकमिंग ऑफ सब्सटेंसेस सडेन इनकमिंग ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग इसमें लिखेंगे सडेन इनकमिंग सडेन इनकमिंग ऑफ ह्यूज सब्सटेंसेस कोई भी आयन हो सकता है कुछ भी हो सकता है सब्सटेंसेस इसकी ऑपोजिट है इसका ऑपोजिट क्या है इसकी ऑपोजिट है ये वर्ड को अभी हम लोग यूज करेंगे इस ऑपोजिट को है ई e फ्लक्स इसको कहेंगे ई फ्लक्स दैट मीन्स सर्टेन आउट ऑफ ह्यूज सब्सटेंस सब्सटेंसेस ये है सर्टेन आउटगोइंग गोइंग आउटगोइंग ऑफ ह्यूज सब्सटेंसेज ठीक है ह्यूज सब्सटेंसेज और आयस भी कह सकते हो Now वट हैपनिंग ड्यू टू दिस ओपनिंग ऑफ द गेट ह्यूज नंबर ऑफ सोडियम विल इनफ्लक्स ओवर हेयर कहते हैं सोडियम इनफ्लक्स सो क्या कहेंगे इसको सोडियम एने इनफ्लक्स हो जाएंगे इस जगह पे इनफ्लक्स अब शुरू होता है असली खेल हम कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी अभी देखा कि जैसे ही अचानक sodium आयन इन साइड में आ जाते हैं because there will be बी influx of the sodium. So due to influx of sodium ion, polarity changes suddenly. देखो स्टूडेंट polarity changes suddenly. अब ये सडेन पोलैरिटी चेंज हो गया राइट सडेन पोलैरिटी इसके साथ साथ एक और भी काम होगा ये देख लो ये मेमब्रेन है इसका पहले इसका नेगेटिव था गौर से देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का ये जगह पहला ये सिचुएशन था इट वॉज द फर्स्ट पिक्चर पिक्चर नंबर वन अब ये पिक्चर चेंज हो गया है Now Now the the picture changes due to the huge sodium influxes. Now the, there will be a positivity inside. चेंजेस ड्यू टू दी ह्यूज सोडियम इनफ्ल विल जैसे पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर पोटेशियम आयन भी था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोटेशियम था और इसमें क्लोरिन था इसमें क्लोरीन था, इस था।, इस था। आयन मैंने पहले ही आपको कहा है Now potassium ion उट साइड पोटेशम Potassium विल गो आउट साइड इसको ई फ्लक्स e so, e take e takes place. ये potassium ion ई e फ्लक्स इसलिए होते हैं to maintain the balance. To maintain आयन बैलेंस आयन बैलेंस मेंटेन करने के के लिए ये जरूरी होता है। है अब देखो सेल के अंदर आ गया है, सोडियम एंड बाहर में हो गया क्लोरीन, बाहर में में था ही बॉडी क्लोरीन होता ही है नाउ दउट साइड इज बिकेम नेगेटिव तो वही ग्राफ जो था यह था पिक्चर नंबर टू सो वही ग्राफ जो था वही ग्राफ को मैं फिर से याद दिलाता हूं यह माइनस मिलीवोल्ट था फॉर एग्जाम्पल ये माइनस ये प्लास फोर्टी मिली वोल्ट था किसी किसी बुक में इसको थर्टी किसी किसी टीचर ने इसको थर्टी मिली वोल्ट या सेवेंटी मिली माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट कहा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया कंडीशन के ऊपर कंडीशन डिपेंड करते हैं तो ये देखो ऑल ऑन ए साइड एन दाफ चेंजेस अब ये ग्राफ चेंज हो गया राइट सो दोलरिटी चेंजेज दाफ चेंजेस राइट दाफ अब ये जो ग्राफ चेंज हुआ है नाउ इट शुड कम इसको कहते हैं हम लोग डी पोलराइजेशन दंडीशन इज कॉल्ड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डी पोलराइजेशन पोलराइ सॉरी पोलराइजेशन पोलराइजेशन कहते हैं इसको पहले ये पोलराइज्ड था पहले इट वाज पोलराइज्ड जबकि इसको पोलराइज्ड नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं कहते लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ये पोलराइज्ड कंडीशन था इसको ओरिजिनल में क्या कहते हैं इसको ओरिजिनल में कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन और रेस्टिंग पोटेंशियल इसको कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन डीशन और रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं इसको इट इज कॉल्ड पोलराइज कंडीशन और रेस्टिंग कंडीशन और रेस्टिंग पोटेंशियल अब ये जो चेंज हो गया इसको कहते हैं डी पोलराइजेशन इस जगह को मैं दो सेकेंड नहीं, तीन सेकेंड देता हूं फटाफट समझ लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कहो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली यू टेल मी सो लेट अस कम टू दिस कंडीशन सो इसको कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल से डीपोलराइज हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल से डीपोलराइज हो गया अब ये डीपोलराइज कब तक रहेगा ये कुछ साडन मिलीसेकंड्स सेकेंड्स में भी आई मीन सम पॉइंट मिलीसेकंड ये रह सकते हैं राइट इट बी कुट पॉइंट मिलीसेकंड ये डीपोलराइजेशन कंडीशन रहेंगे Now the depolarization condition will again changes. अब ये depolarization condition जो है वो again change हो जाएंगे नाउ कमिंग टू दंबर और पिक्चर नंबर थ्री कंडीशन पे आएंगे नाउ लेटर्स टेक दिज एग्जाम्पल अब कुछ ही मिली सेकेंड और मिली सेकेंड का भी point millisecond सेकेंड हो सकते हैं नाउ दिस वॉज द पिक्चर नंबर टू जिस कंडीशन में ये था आपका कंडीशन पोलराइज आई मीन डी कंडीशन हो गया था ये डी कंडीशन है नाउ विथ हेल्प ऑफ आप लिखेंगे विथ द हेल्प ऑफ विथ हेल्प ऑफ न्यूरो फाइबर्स और न्यूरल फाइबर्स राइट विथ द हेल्प ऑफ न्यूरल फाइबर्स हमने पहले पढ़ा है कि आपकी न्यूरॉन में कुछ फाइबर्स रहते हैं न्यूरल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरल फाइबर्स दिज पोलरिटी एगेन चेंजेस दिज पोलरिटी दिज पोलरिटी मूव्स इट इज अ बेटर वर्ड मूव्स टू अवर्ड नहीं मूव मूव्स फॉरवर्ड आगे चलते हैं ये अब क्या होगा इमेज नंबर थ्री नाउ द इमेज नंबर थ्री आप थोड़ा सा लेंदी करते हैं सिचुएशन अब इसकी थोड़ा सा झलक इसमें लाते हैं सो इट वाज द कंडीशन ओवर हेयर पॉजिटिव था इस जगह में आपकी पॉजिटिव था और इस जगह में आपका नेगेटिव था इस जगह में बाहर में आपका नेगेटिव था नाउ देयर विल बी समेट अगेन हम जानते हैं कि क्योंकि पोटेशियम यहां से बाहर गया है इसी जगह पे गेट है जिस जगह से थ्रू से पोटेशियम बाहर चला गया था राइट अब इसी जगह पे से पोटेशियम फिर से अंदर आ जाएंगे फिर से पोटेशियम अंदर आ जाएंगे पोटेशियम अंदर आ जाएंगे पोटेशियम का अब इनफ्लक्स होगा अब पोटेशियम इनफ्लक्स होगा इनफ्लक्स पोटेशियम इनफ्लक्स होने से सोडियम जो इलक्स हो जाएंगे सोडियम इेंगे ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा नहीं भी कह सकते थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन इजीली, आसान तरीके से समझने के लिए हम ये कहेंगे कि न्यूरल फाइबर के ऊपर चढ़ के न्यूरल फाइबर के ऊपर बैठ के नाव दोटैशियम आयन विल मूव फॉरवर्ड नाउ दी पोटेशियम आयन जो है ये आगे चले जाएंगे ये आगे चले जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या था कंडीशन ये नॉर्मल कंडीशन था आप देखो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल कंडीशन था इस जगह का नॉर्मल कंडीशन ये था नॉर्मल कंडीशन था अब ये आ, मैं इसको लिखता हूं इसका नॉर्मल कंडीशन राइट मैं इसको लिखता हूं ये नॉर्मल था इस कंडीशन का ये डी ये पोलराइज कंडीशन था नॉर्मल या पोलाराइज ये पोलराइज कंडीशन था ये ये था डी ये पोलराइज कंडीशन था राइट अब इससे क्या होगा कि सोडियम आयन जो मैं पिंक से इंडिकेट करता हूं सोडियम आयन जो है अब इसी जगह पे सोडियम आयन आ जाएंगे सोडियम आयन इसी जगह पे सोडियम आयन आ गया राइट अब पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा इसी जगह से सिर्फ फॉर एग्जांपल ग्रीन से मैं पोटेशियम आयन को इंडिकेट करता हूं पोटेशियम आयन का इन्फ्लाक्स हुआ है और सोडियम आयोन आगे निकल गया है तो ये कंडीशन में क्या होगा ये कंडीशन में ये होगा। से से समझते हैं। समझते हैं। हैं। पिक्चर नंबर को अब इसी जगह पे आपकी फिर सॉरी इसी जगह पे फिर से यस इसी जगह पे फिर से आपका पोटेशियम आयन का पोटेशियम आयन इसी आ जाएंगे इसको हम लोग बिटाते हैं क्योंकि पोटेशियम आ गया क्लोरीन अभी ज्यादा मात्रा में है तो इस जगह में पोलरिटी फिर जैसे नॉर्मल हो जाएगा द नॉर्मल पोलरिटी विल टेक्स प्लेस ओवर हेयर ये फिर नॉर्मल हो गया है करेक्ट ये नॉर्मल कंडीशन हो गया है और इसकी आउटसाइड में फिर पॉजिटिव हो गया क्योंकि पोटेशियम आयन अभी आगे नीचे अंदर आ गया है ठीक सो तो ये पोटेशियम आ गया है और यहाँ पर ये आपकी सोडियम का बैलेंस जो था वही है so दिस इज कॉल्ड एज नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रीपोलराइज इस condition को कहेंगे रीपोल ये रीपोलराइज condition है रीपोलराइज condition है do you understand depolarization था फिर से ये रीपोलराइज condition हो गया ये जो sodium ion है अब ये सोडियम आयन ये आगे निकल के आ गया तो हम लोग इसको इसी से इंडिकेट करते हैं ऑरेंज से इंडिकेट करते हैं नाउ हेयर विल बी द डीपोलराइजेशन कंडीशन इस जगह पे आपका डीपोलाराइजेशन देखने को मिलेगा सॉरी इस जगह पे आपको डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा सो दिस एरिया इज नाव डीपोलराइज डी पोलाराइज ये डिपोलराइज हो गया फिर से ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में एक रेस्टिंग कंडीशन भी होता है जैसे रेस्टिंग कंडीशन मैंने यह कहा नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल कंडीशन फिर से ये कंडीशन ये जो रिपोलराइज है यह रिपोलराइज क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा रिपोलराइज नॉर्मल होगा और ये जो डीपोलराइज है ये डी सॉरी ये रिपोलराइज जो है यहाँ से फिर ये डीपोलराइज होगा इस जगह को इस जगह में फिर से ये आ, मैं इसको नॉर्मल नहीं लिखूँगा इसको लिखूँगा रीपोल ये जो रिपोलराइज है ये फिर से सब पहले ये नॉर्मल होगा नॉर्मल कंडीशन होगा पहले उसके ये एक नंबर और उसके बाद ये फिर से डीपोलराइज हो जाएंगे फिर से एक बार बताता हूँ पोलराइज ये जो रीप ये जो रिपोलराइज कंडीशन है ये रीपोलराइज कंडीशन पहले एक बार नॉर्मल कंडीशन में आएंगे एंड देन अगेन इट विल भी डीपोलराइज और ये जो डीपोलराइज कंडीशन है ये भी पहले नॉर्मल कंडीशन में आएंगे नॉर्मल जो कि हम लोग कहते हैं रेस्टिंग इसको क्या कहेंगे रेस्टिंग कंडीशन एंड देन इट विल बी एगेन रीपोलराइज ये अगेन रीपोलराइज हो जाएंगे यह देखो आपका डीपोलराइजेशन है अगेन ये नॉर्मल कंडीशन एंड देन ये रिपोलराइज कंडीशन में आ जाएंगे तो इसी तरह से एक वेवी मूवमेंट ये कंडीशन चढ़ा आप ये ग्राफ को देखो ये कंडीशन चढ़ा और कंडीशन फिर ये ये डिपोलराइज हुआ डी यहां हुआ आपका नॉर्मल यहाँ से आपकी नॉर्मल की शुरुआत होते हैं इस जगह से आपका ये नॉर्मल कंडीशन आ गया आप यहाँ पर ही हम कहेंगे नॉर्मल एंड देन और इसको भी कह सकते हैं नाउ अगेन इट विल बी रीपोलराइज ये रिपोलराइज री हो रहा है आप देखो यहाँ पर ही तो इस जगह को हम लोग रिपोलराइज कहेंगे यहाँ से आपको रिपोनल कंडीशन की डाउनिंग हो रहा है इस जगह पे आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है ये बेस पे फिर से ये डीपोलराइज हो रहा है ये नॉर्मल कंडीशन का डाउनिंग हो रहा है ये रिपोलराइज हो रहा है एंड इट कम्स टू दी नॉर्मल कंडीशन वे भी मूवमेंट आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कैन यू अंडरस्टैंड हेलो मयूरी कैन यू अंडरस्टैंड यस, यस। ऐश्वर्या कैन यू अंडरस्टैंड वैभव आप वैभव आपके पास क्लास क्लियर हो रहा है सो so, इस तरह से डिपोलराइज रिपोलराइज नॉर्मल रिपोलराइज डीपोलराइज नॉर्मल या आप कह सकते हो नॉर्मल डीपोलराइज्ड रिपोलराइज्ड नॉर्मल डीपोलराइज्ड रिपोलराइज्ड इसी तरह से या तो नॉर्मल डीपोलराइज्ड रिपोलराइज्ड एगेन नॉर्मल डीपोलराइज्ड रिपोलराइज आप या तो आप कह सकते हो डीपोलराइज्ड रिपोलराइज्ड नॉर्मल डीपोलराइज्ड रिपोलराइज्ड नॉर्मल इसी तरह से एक वेवी मूवमेंट से इम्पालसेस एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड होते हैं क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह को फॉरवर्ड होते हैं और अल्टीमेटली दिस मूवमेंट इधर इधर इट रीचेज टू ब्रेन और फ्रॉम द ब्रेन इट मे रीचेज टू द टारगेटेड ऑर्गन और द टिश्यूज सो हम लोग इसको लिखेंगे वी विल राइट डाउन इन दिस वे इन दिस मैनर इन दिस मैनर impulses moves forward from origin to target or target to origin सो so, हम जानते हैं कि एक सेंसरी होता है जो कि सेंस को ब्रेन से लेके चलते हैं एंड ब्रेन से मोटर सेंसेशन होता है जो कि ऑरिजिन टिश्यू पे लेके जाते हैं हमारे हमारा हाथ या पैर और किसी को भी काम करवाते हैं तो ये ही जो मूवमेंट है यही है इम्पाल्स जनरेशन और ये जो मूवमेंट है ये वन मिली सेकेंड के अंदर होता है वन मिली और उससे भी कम इट मे भी लेस देन वन मिली सेकेंड लेस देन वन मिली सेकेंड में ये काम करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज लाइटनिंग फास्ट लाइटनिंग फास्ट की तरह ये हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कम करते हैं इसमें दो टॉपिक आपको याद रखना चाहिए एक है इसका इनफ्लॉक्स दैट इज सोडियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम इक्स राइट ये कब होगा? तभी होगा जब आपका गेट ओपन होगा ये वोल्टेज गेट कहते हैं इस गेट को क्या कहते हैं वोल्टेज गेट इसका एक और नाम है वोल्टेज गेट यह वोल्टेज गेट ये वोल्टेज गेट को हम लोग कहते हैं सोडियम पोटैशियम पंप सोडियम पोटैशियम पंप कहते हैं मैं आपको पांच मिनट नहीं दो मिनट के अंदर ये समझा देता हूं ये सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से काम करते हैं थोड़े से बने रहो मेरे साथ अभी काफी मैं आपको समझा देता हूं ये इस तरह से दिखने में होते हैं इसकी जो लॉन्ग आर्म है ये जो लॉन्ग आर्म है ये शॉर्ट आर्म है इसी लॉन्ग आर्म पे तीन सोडियम आयन बैठते हैं फ्री सोडियम आयन इसकी लॉन्ग आर्म पे और इसकी जो शॉर्ट आर्म है ये शॉर्ट आर्म पे दो पोटेशियम आयन इसमें अटैच होते हैं दो पोटेशियम आयन का अटैच होगा और इसके साथ क्या होगा इसी लॉन्ग आर्म के इसी जगह पे आपका ए डी ए टी पी इसमें ए अटैच होंगे ए अटैच होंगे जैसे ही ए अटैच होगा जैसे ही ए अटैच होगा ए टीपी केमिकल एनर्जी जैसे ही ए अटैच होगा ये चीज आपको बदल जाएंगे सो लेट मी ड्रॉ दिस थिंग्स सो इट विल बी लुक लाइक दिस थिंग्स ये देखो अब यह चेंज हो गया है. अब क्या हुआ अब ये हुआ यू कि इसका जो लॉन्ग आर्म था ये इसका इसका जो फेस है वो फेस चेंज हो गया अब सोडियम आयन इस तरह आ गया थ्री सोडियम आयन और जो टू पोटेशियम आयन था टू आयन जी स्मॉल आर्म में था वो इस तरह से चले गए और इसकी रिजल्ट में इसी जगह से जो एटीपी था अब ये ए जो है ये ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि ये रिलीज एनर्जी किया नाउ दीपी ये ब्रेक डाउन के ये बन गया ए डी पी एंड फॉस्फोरस ए डी एंड पी आई इसमें ये बट गया ए टी पी नाव ब्रेक डाउन एंड रिलीज इस द एनर्जी नाउ आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये ए लगेंगे sodium ion will get आयोन more sodium ion than the more than the number of potassium ion यह क्या था यह आपका potassium ion था so the number of sodium ion influx is always greater than the number of potassium ion clear clear इस जगह को clear हो गया इसी तरह से influx आपको काम करते हैं so there will be आ इनफ्लक्स इस तरह से काम करेंगे अब आपके चलते अब मैं आपको एक बार और भी बता देता हूँ एक एडिशनल पिक्चर मैं आपको आ, दे देता हूं ये आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है आप इसको बता सकते हो ये डेंड्रॉन है दिस इज देंड्रॉन एरिया डेंड्रॉन का सिर्फ इसी जगह पे ही गेट नहीं है देयर इज नॉट ओनली द गेट ओवर देअर इसका इसी जगह पे भी बहुत सारे गेट है जो कि सोडियम पोटाशियम चैनल कहते हैं इसको सोडियम पोटाशियम ये आपका गेट नहीं है ये आपकी वेसिकल्स का फ्यूजन है ये वेसिकल फ्यूजन है ये आपका गेट है गेट ओनली डेंड्रॉन पे होते हैं गेट इज ओनली इन द डेंड्रॉल्स और ये डेंड्रॉन पे ये डेंड्रॉन का गेट जो है ये तभी खुलते हैं जब इस पे मैंने आपको ग्रीन से बताया कि जब ही आपके सोडियम सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर इस जगह पे बैठते हैं सो दे रिपेल द गेट वो गेट खोलने में मदद करते हैं और इसमें बहुत सारे कैल्शियम आयन होता है सो नाव दगेन जेनरेटेड टू दी एगेन टू द्यूरोन इसी न्यूरॉन से ये सॉरी एग्जॉन में एक्जॉन ये है एग्जॉन नाउ दिज इंपालस एगेन्ट जेनरेटेड टू एक्जोन एंड अगेन यहाँ पर ही फ्यूजिंग होगा एगेन यहाँ पर ही आपका डेंड्रॉन का गेट आएगा डेंड्रॉन का गेट आएगा ये गेट फिर से ओपन होगा फिर से सोडियम का इनफ्लैक्स होगा a way total impulses will be generating. Now what are these? Uh, these uh, I mean uh, by default what is the, the I mean length of this cleft? The length of the cleft is 20 मिलीमीटर इट इज 20 मिलीमीटर mm क्लेफ्ट और इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर है दि इज न्यूरो ट्रांसमीटर इन दिस केस न्यूरो ट्रांसमीटर इस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल को लाइन इसका नाम है एसिटाइल कोलाइन सो इट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन Now, these, इसके आगे भी कुछ है क्योंकि यहाँ पर ही एसिटेल कोलाइन इसके साथ कुछ एंजाइम की एक्टिविटी भी होते हैं राइट right? ये पोस्ट साइन से ये रिलीज होते हैं सो so, uh, कल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो टू दी डिटेल ऑफ द न्यूरो तो कल का हमारा क्लास होगा कि हाउ डिज न्यूरो ट्रांसमीटर वर्क एंड वाट आर द टाइप ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर थैंक यू स्टूडेंट